तुमे छूकर रकीबों ने मुझे बेहद चिढ़ाया है ध्यान दीजिएगा सबको अपना इश्क याद दिलाऊंगा दमदार भाई अच्छा हाँ एक बार तालियां जोरदार हो जाएं, लगे के हाँ आशिक मिजाज लोग बैठे हैं तो तुमे छूकर रकीबों ने मुझे बेहद चिढ़ाया है खुशी देखो गले लगकर मुझे कितना जलाया है तुम्हें छूकर रकीबों ने मुझे बेहद चिढ़ाया है खुशी देखो गले लगकर मुझे कितना जलाया है मदीने की गली छूटी तुम्हें जब से ही देखा है गौर फरमाइएगा मदीने की गली छूटी तुम्हें जब से ही देखा है सभी के लाख होंगे पर मेरा तू ही खुद आया है वा। वा। सभी के लाख होंगे पर मेरा तू ही खुद है लिया बोसा जो तुमने था अभी तक याद है मुझको किसको किसको याद है अपनी वाली का ताली बजा के बताओ यार की याद है <laughs> तो लिया बोसा जो तुमने था अभी तक याद है मुझको लगा सारे गुलों को तोड़कर तुमने पिलाया है वाह लगा सारे गुलों को तोड़कर तुमने पिलाया है मिलेंगे तो कई तुमको दिखावे के खुदा बनकर गौर बनवाइएगा बहुत बेहतरीन लाइन है मिलेंगे तो कई तुमको दिखावे के खुदा बनकर नकाबों को अगर नोचो सभी ने छल रचाया है क्या बात है नकाबों को अगर नोचो सभी ने छल रचाया है सनम तुमको सुनानी है कहानी ये उदासी की सनम तुमको सुनानी है कहानी है ये उदासी की खामोशी से जरा सुन लो मुझे कितना रुलाया है वाह वाह वाह वाह खामोशी से जरा सुन लो मुझे कितना रुलाया है अब इजाजत हो तो दो लाइन और सुना दूर तो दो लाइन बस तो एक शेर पढ़ दीजिए। बस बस ठीक है अब इश्क मोहब्बत की बातें हैं तो कई टूटे दिल हैं तुन्ही के लिए है दर्द का तहजीब से ख्याल रखा है दर्द का तहजीब से ख्याल रखा है अश्क को मुस्कुरा के संभाल रखा है बड़े दिलेर आशिक है दर्द का तहजीब से ख्याल रखा है श्क को मुस्कुरा के संभाल रखा है और तुझे हिचकी न सताए इसी खातिर गौर फरमाइएगा तुझे हिचकी न सताए इसी खातिर तेरी याद को तिजोरी में डाल रखा वा, है वा, वा, वा, वा, वा, तुझे हिचकी न सताए इसी खातिर autumn. तेरी याद को तिजोरी में डाल रखा है जब नसीब में नहीं थी तो क्यों चाहा जब नसीब में नहीं थी तो क्यों चाहा बड़ा अजीब सा उसने सवाल रखा है बहुत बढ़िया जब नसीब में नहीं थी तो क्यों चाहा? बड़ा अजीब सा उसने सवाल रखा है और नजूमी से पूछ के कोई इश्क करता है नजूमी मतलब जोतसी तो नजूमी से पूछ कर कोई, कोई इश्क करता है इश्क ने तो हमेशा बगावत पाल रखा वा, वा, वा, वा, वा, इश्क ने तो हमेशा बगावत पाल रखा है और रोज नए सवालों से लेती हो इम्तहान दमदार भाई रोज नए सवालों से लेती हो इम्तहान देखो तो कदमों में दिल निकाल रखा है देखो तो कदमों में दिल निकाल रखा है और मेरी दरख्वास्त हंसकर के टाल देती हो ये लाइन दे रहा हूं आप लोगों को अपनी वाली को सुनाएंगे तो फिदा हो जाएगी मेरी दरख्वास्त हंसकर के टाल देती हो हुस्न संग गुरूर कमाल रखा है बहुत बढ़िया हुस्न संग गुरूर कमाल रखा है और तेरे होने से होली सा जश्न रहता है सारा निचोड़ इसी में है कि वो मेरे लिए है क्या त्योहार है उत्सव है तो उसी पे कह रहा हूं कि तेरे होने से होली सा जश्न रहता है तेरा नाम यूं ही नहीं गुलाल रखा है बाँग बढ़िया। बाँग बढ़िया। तेरे होने से, होने से होली सा जश्न रहता है तेरा नाम यूं ही नहीं गुलाल रखा है और आखिरी लाइन है यह नाइनटीज वालों के लिए है वो जब रूमाल और गुलाब के फूल जो बचा के रखते थे अच्छा, है? आ, वही है आच्छा. तेरा रुक्सार चूम के महका था जो तेरा रुक्सार चूम के महका तो, था जो मैंने अब तक वो रूमाल रखा है मैंने अब तक वो रूमाल रखा है धन्यवाद